की होती सगाई तिलक लेके के काय बैगन की होती सगाई तिलक लेके कंदया सब सब जी मिलियाये बराती सब सब जी मिलियाए बराती कदुआ करबुआ तिलक ले के कया कदू करबुआ तिलक के कंद बैगन की होती सगाई तिलक लेके कंदाया बैगन बेचारा बने हैं बैगन बेचारा बने हैं दुल्हन बानी है रम तिलक लेके के कंदया दुल्हन बनी है रमतुराय तिलक लेके कंदया बैगन की होती सगाई तिलक लेके के कंद अल्आ बेचारा समधि बने हे अल्लुआ बेचारा समधि बने है समधन बानी है मेरे चाय तिलक लेके कया बैगन की होती सगाई तिलक लेके क्या खखशी बेचारा पंडित बने हैं खखशी बेचारा पंडित बने हैं बस करैली बनी है पंडिताइन तिलक लेके के कंदाया बैगन की होती सगाई तिलक लेके के क्या बेचा पर बेचारा नौ बनी है नौनिया बानी है ले तिलक ले के कंदाया बैगन की होती सगाई तिलक लेके कंदाया सिम बेचारा कुम्हरा बने हैं सिं बेचारा कुम्हरा बने हैं कैता बनी है कुहान तिलक कई बैगन की होती सगाई तिलक लेके के कंदाया बैगन की होती सगा तिलक लेके के कंदा ओल बेचारा चमरा बने हैं ओल चमरा बने हैं है बंजू पार्टी बनी है खटाई तिलक लेके कंदाया बैगन की होती सगाई तिलक ल कंदाया पतगोभी बेचारा दुल्ह के बहनोई बने हैं पतगोभी बेचार दूल्ह के बहनोई बने है फूलगोभी बनी है उनकी साली तिलक लेके कंदाया बैगन की होती सगाई तिलकुल के कंदया बैगन की होती सगाई तिलकुल के कंदया